स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत अब इन लाभार्थियों के बाद कोई नहीं बचा यानी नो वन लेफ्ट बिहाइंड आपने के जीरो टी में जो प्रविष्टि कराई थी उसे अब स्वच्छ एमपी पोर्टल पर जनपद लॉगिन से समग्र आईडी को मैप कराते हुए कैसे भुगतान कराया जाना है इसी के बारे में यह वीडियो है पूरा देखिए बिना स्किप किए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर ये जनपद का लॉगिन है यहाँ पर एलओबी मैनेजमेंट इसमें जाना होगा एलओबी मैनेजमेंट को क्लिक करेंगे यहाँ हितग्राही प्रबंधन इसको क्लिक करना है यहाँ क्लिक करने के बाद परिवार प्रबंधन सबसे पहला काम होगा परिवार प्रबंधन यहाँ पर भारत सरकार की आईडी समग्र आईडी मैप करें इसको क्लिक करना है तो यहाँ पर जिस भी ग्राम पंचायत में आपने के ज़ीरो टू में एंट्री करी है वो यहाँ पर शो होगी यहाँ पर ग्राम पंचायत और चाहे तो ग्राम भी ले लें और व्यू करें यदि आपको डायरेक्टली जियो आई आई से सर्च करना है तो यहाँ जियो आई आई उसको डाल दे और व्यू करेंगे तो भी हो जाएगा अभी मैं पूरे ग्राम पंचायत की डिटेल देखना चाहता हूँ तो व्यू पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर तीन नाम जोड़े गए हैं जिसको हमको समग्र आईडी से मेप करना है यहाँ पर आपको समग्र आईडी डालना होगा और जैसे ही आप समग्र आई डालने के बाद बाहर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हितग्राही का नाम कैटेगरी जनपद पंचायत ग्राम पंचायत और यहाँ पर अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है आई कोड दिया हुआ है और हितग्राही का मोबाइल नंबर तो ये सब डिटेल यहाँ प्रदर्शित होगी इसमें आपको मैप समग्र आईडी इस पर क्लिक करना होगा इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वह समग्र आईडी इस से मैप हो जाएगी। अब जब मैप हो चुकी होगी तो आपको बैंक विवरण दर्ज करें। इसमें वो नाम प्रदर्शित होगा चूंकि अभी मैंने नहीं करा है इसलिए वो प्रदर्शित नहीं होगा अब ये परिवार प्रबंधन का काम हो गया अब यहाँ मैपिंग में जाना होगा तो परिवार शौचालय निर्माण एजेंसी जिसके माध्यम से भी पेमेंट होना है इसको आपको क्लिक करना है यहाँ पर ग्राम पंचायत लेना है उसी प्रकार से ग्राम लेना है और जी ओ आई डालकर यहाँ जो कैप्चा लिखा है उसको डाल देंगे और गांव के पात्र लाभार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी अगला काम होगा निर्माण एजेंसी से मैप किए गए परिवारों की सूची देखना जितने भी हितग्राहियों को मैप यदि आपने किया है तो वो यहाँ पर क्लिक करने के बाद पंचायत चुनेंगे और ग्राम चुनकर कोड जो लिखा होगा उसको आप एंटर कर दें और मैप किए गए परिवारों की सूची देखें इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर वो नाम प्रदर्शित हो जाएंगे। निर्माण एजेंसी से कोई परिवार अभी मैप नहीं है इसलिए जानकारी उपलब्ध नहीं है अब अनुमोदन जिला पंचायत द्वारा जो अनु अनुमोदित मांगों की सूची है वो यहाँ पर प्रदर्शित होगी जिसको आपने यहाँ से भेजा होगा जनपद लॉगिन से तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा अधिक से अधिक इसको शेयर कर सकते हैं एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और जानकारियों के साथ अगली वीडियो में मुलाकात हो हो वीडियो को आपने बिना स्किप किए अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं